छतरपुर सिविल लाइन थाना से पुलिस की लापरवाही के चलते एक आरोपी फरार हो गया है आरोपी की तलाश जारी है लेकिन अभी तक कोई भी उसका सुराग नहीं मिला है इस मामले में लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है पुलिस की लापरवाही के चलते अक्सर कई बड़े अपराधी फरार हो जाते हैं और दोबारा वो अपराध और जुर्म की घटनाओं को अंजाम देने लगते है ऐसी घटना है छतरपुर की जिसमे पुलिस ने बीते दिन सटई रोड के रहने वाले राकेश उर्फ टिक्कल को चोरी के आरोप में पकड़ा था पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर थाने में बैठा दिया लेकिन मौका मिलते ही टिकल पुलिस थाने से फरार हो गया। लगातार तलाश करने के बाद भी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है जिन पुलिस के अधिकारियों के चलते यह आरोपी फरार हुआ उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जब इस मामले को लेकर एडिशनल एस से बात की गई तो उन्होंने कहा अभी इस मामले की जांच की जा रही है जांच में यदि कोई आरोपी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी अब तक कुल मिलाकर लापरवाह पुलिस वालों को बचाने के लिए पुलिस तत्पर नजर आ रही है इस सस्पेक्ट को हम लोग लाए थे इस चोरी के संबंध में से पूछताछ की जानी थी इसका नाम मेमो में खुला था और ये थाने से हथकड़ी से एक भगा है इसके खिलाफ हमने रेस्टेट कर लिया के। और साथ में इसमें जाँच कर रहे हैं और जो दोषी कर्मचारी कार्रवाई की जाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें